स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज एट होम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 200 हंड्रेड प्लस जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है इसको मैं चार पार्ट में डिवाइड करूंगा और ये उस पार्ट का पार्ट वन है जिसमें हम 50 क्वेश्चन को टेस्ट लगाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको चार सेकेंड का वक्त मिलेगा और वीडियो समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लिया क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है इसके लिए आपको सेकंड मिलते हैं तो राइट है मुंबई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां पर है चार सेकंड का आपको वक्त मिलता है तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया चार सेकंड मिलते हैं आपके तो इसका आपका आंसर है सी 2002 अगला क्वेश्चन है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है या फिर मैनचेस्टर भी हो सकता है ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित थी स्थित है फिर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जमशेदपुर में अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है चार सेकंड मिलते हैं आपको इसके लिए तो 20 राइट है पंजाब अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का वृद्धम पशु मेला लगता लगता है है है आपको बताना सेकंड मिलते हैं आपके लिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोनपुर डी अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है चार सेकंड मिलते हैं आपको इसके लिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है चार सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए तो सी इसका राइट है हीराकुंड बांध अगला क्वेश्चन देखते हैं एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी ठीक है आपको बतानी पहली भारतीय महिला कौन थी चार सेकंड मिलते हैं आपको चलिए इसका आपको आंसर बताता हूं मैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कमलजीत जीत अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी ठीक है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी ठीक है ये थोड़ा। कौन बनी था आपको बताना है चार सेकंड मिलते हैं आपको इसके लिए तो सी इसका राइट है इंदिरा गांधी अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये तो बहुत इजी है आपको इसमें देने की जरूरत ही नहीं आपको चार सेकंड इसलिए इसको ऐसे बता दे रहा हूं मैं तो बारहवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजस्थान अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है चार सेकंड मिलते हैं आपको तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए मुंबई अगला क्वेश्चन देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है ठीक है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है ठीक है आपको बताना है इसके लिए चार सेकंड का वक्त मिलता है आपको तो चलिए इसका आंसर बताता तो राइट है जम्मू कश्मीर अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल भूटान और चीन से लगती है तो आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिक्किम अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है चार सेकेंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कोरोमंडल अगला क्वेश्चन है है है भारत के रेखा की लंबाई कितनी सेकंड मिलता है आपको तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी इकसठ सौ किलोमीटर अगला क्वेश्चन देखते हैं अठारो क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है चार सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी चंबल अगला क्वेश्चन है शांति घाटी स्थित है शांति घाटी स्थित है कहाँ पर स्थित है कौन से राज्य में आपको बताना है चार सेकंड मिलते हैं आपको इसके लिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल सी अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है बीस सेकेंड सॉरी चार सेकेंड का आपको वक्त मिलता है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय सिनेमा के जनक थे किसे कहा जाता है भारतीय सिनेमा के जनक चार सेकेंड का वक्त मिलता है आपको तो इसका मैं राइट आंसर बताता हूं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दादा साहब फालके जी अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा अगला क्वेश्चन है बाईसवा भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी ठीक है कार्टून में में भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी चार सेकंड आपको मिलते हैं इसके लिए तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है चार सेकेंड मिलते हैं आपको इसके लिए तो राइट है राजस्थान अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो बीस का राइट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अगला क्वेश्चन है पच्चीसवा भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है चार सेकंड मिलते हैं आपको तो इसका राइट आंसर बताता हूँ 2018 में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी ठीक है दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति है ठीक है याद रखना आप सारे ऑप्शन गलत है ये ठीक है बट ऑप्शन अगर ये आते हैं अगर ऑप्शन मान लो ये आते हैं एग्जाम में तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम ठीक है तो इसमें ऑप्शन लगाएंगे हम डी गोमतेश्वर ठीक है अगर ऑप्शन में स्टैचू ऑफ यूनिटी आते है तो हम वो लगाएंगे अगर ऑप्शन ये आते चारों तो हम इसमें डी लगाएँगे ठीक है गोमतेश्वर ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन छब्बीसवा क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको चार सेकंड मिलते हैं इसके लिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी गंगा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं तो बीस का है चौबीस अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे चौड़ी नदी चौड़ी नदी कौन सी है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है चार सेकंड मिलते हैं आपको इसके लिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र नदी अगला क्वेश्चन देखते हैं नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है तो इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा गोदावरी अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है हाँ। चार सेकंड मिलते हैं आपको इसके लिए भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है हर ऊंची मीनार कौन सी है तो बीस का राइट है कुतुब मीनार अगला क्वेश्चन देखते हैं संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है चार सेकेंड मिलते हैं आपको तो बीस का राइट है नील नील क्या है सबसे लंबी नदी है और जब जब हम आयतन की बात करें चौड़ाई बात करें तो अमेजोन है ठीक है याद रखना दोनों अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है चार सेकंड मिलते हैं आपको इसके लिए तो बताता हूँ इसका राइट आंसर तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी सतलज नदी अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है चार सेकंड मिलते हैं आपको इसके लिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं चार सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नो नो राज्यों से लगता है टट अगला क्वेश्चन है देखते हैं, हैं हम पैंतीसवा अपना भारत की गोलार्थ में भारत किस गोलार्थ में स्थित है ठीक है भारत उत्तरी गोलार्थ में स्थित है या फिर दक्षिण गोलार्थ में स्थित है आपको बताना है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्थ में ठीक है उत्तर की साइड और पूर्व की साइड आपको पता होगा मैं अपने आपको बता दे, रह दे रहा हूँ थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ इसमें ये चार दिशाएं होती हैं ये होता है ईस्ट ये होता है वेस्ट ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ ठीक है आपको पता होगा अगर बात हो जाए यहाँ पर कौन से देश है यहाँ पर कौन सा देश है ठीक है तो यहाँ अगर कोई देश है यहाँ कंट्री है तो ये कौन सा पड़ेगा ठीक है ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये नॉर्थ है ये साउथ है अगर इधर कोई देश पड़ेगा ठीक है तो कौन सा देश पड़ेगा ये वेस्ट नॉर्थ पड़ेगा ठीक है ये कौन सा देश पड़ेगा वेस्ट नॉर्थ अगर मान लो कोई कंट्री यहां पर आ जाए तो वो कौन सा पड़ेगा वे पड़ेगा ईस्ट नॉर्थ पड़ेगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसवा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है चार सेकंड मिलते हैं आपको तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइन ठीक है सी अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है चार सेकंड मिलते हैं आपको इसके लिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कौन थे वो सेकंड मिलते हैं आपको तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहोजी जी, ठीक है? जी अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय नदी है भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है गंगा है आपको पता होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं इकतालीसवा भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था आपको बताना है कब अपनाया था चार सेकंड मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो बताता हूं राइट आंसर तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है तो ये तो आपको पता ही होगा तो गहरा केसरिया रंग होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन, कौन थे? चार सेकेंड का वक्त मिलता आपको इसके लिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन ये राइट है इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं चवालीसवा भारत का सबसे पहला सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे चार सेकंड मिलता है वल्लभ तो तो भाई पटेल जी जिसे लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटक है कौन है आपको बताना है पंद्रह सेकेंड मिलता है आपको इसके लिए तो बताता दो मैं इसका राइट आंसर क्या है राइट आंसर तो तो इसका हो जाएगा ए मिथाली राज अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है इसमें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जीवी मावलांकर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सैतालीसवा तो सैंतालीसवा क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे भारत के प्रथम वायसराय कौन थे तो आपको बताना है इसके लिए आपको चार सेकेंड का वक्त मिलता है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ठीक है बीस का राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है आपको बताना है चार सेकेंड आपको मिलते हैं तो बताता हूँ मैं इसका राइट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा बी किशन कन्हैया अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे इसके अलावा वो चार सेकेंड का वक्त मिलता है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राकेश शर्मा जी अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ठीक है स्वतंत्र तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है चार सेकंड का वक्त मिलता है तो बताता हूँ मैं इसका राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड माउंटबेटन उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलना और इसके अलावा इसका इस वीडियो का पार्ट टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है जाइए और वो देखिए और अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत